छोटा बनाकर मेरी बहन बजा दी भैया <tutorials and emotional language> आओ <cilantro theCUBE> आओ कि भी बजाते छोटा बनाया। भूखा, गया। छोडूंगा। छोड़ूगा गया मेरा दुश्मन है या अब भैया हाँ मेरे भाई मैं भी आया भैया बंद और टीवी शुरू <laughs> फाइटर ए, ए, मैंने क्या दिखाया तुम्हारा कोई नहीं आओ